रुक्मणी को श्री कृष्ण ऐसी विवाह करना था इसलिए उसने श्री कृष्ण को संदेश भेजा बदले में श्री कृष्ण को अपना संदेश रुक्मणी तक पहुंचाना था जिसकी वजह से उन्होंने अर्जुन को स्त्री दूध बनाकर रुक्मणी के पास भेजा अर्जुन बहुत अच्छा धनुर्धारी था श्री कृष्ण को ये पता था वो अपने धनुष विद्या के जरिए भी रुक्मणी को संदेश भेज सकता था लेकिन उन्होंने स्त्री दूध ही क्यूँ बनाया अर्जुन को इसके पीछे भी बहुत बड़ी सीख छुपी है पाँचो पांडव जब दूध में हार गए तब उन्हें चौदह साल का वनवास हुआ था जिसमें से तेरह साल वनवास और एक साल अज्ञातवास था उस एक साल के अज्ञातवास में अगर किसी को पता चल जाता कि वो पांचों पांडव हैं वो पहचाने जाते तो वापस से चौदह साल उन्हें वनवास हो जाती लेकिन एक के स्त्री रूप धारण करने की वजह से कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया और इस तरीके से उनका चौदह साल का वनवास पूरा हुआ अगर आपके साथ भी कोई विकट परिस्थिति आ जाए ना और आपको भी आपके स्वभाव के अनुरूप अलग जाकर काम करना पड़े तो घबराइएगा मत हो सकता है आने वाले अच्छे भविष्य की आपकी भी तैयारी चल रही हो